मेहता का उल्टा चश्मा अरे किसको पता क्या ये मोबाइल मिल गया मेरा पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो पापा टप्पू का पकड़ डाल पकड़ो पकड़ेगी आ, क्या आ, बोला तू? हम लोग पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे आ, <laughs> मुझे से क्यों देख रहे हो जेठालाल बच्चे पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे <laughs> पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे भाई तुम लोग लेकिन इतना चिल्ला के क्यों खेल रहे थे तुम इतनी जोर जोर से चिल्लाए बेटा की हम लोगों को सोडा शॉप पे ये लगा कि अंदर कोई चोर आ गया है तुम दो, पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो, तो हम सब लोग दौड़ के आये यहाँ पे sorry, sorry, sorry, sorry. क्या सॉरी तुम लोगों के सोरे लो की वजह से देखो बेचारे हाथी सांस फूल गयी भाई फूलेगी ना क्या बोले बोल रहे हैं कि अगर इतने भारी शरीर के साथ भागूंगा तो सांस तो फूलेगी ना सही है। अब बोल रहे हैं कि सही बात है। अच्छा। हाँ। तो मतलब आपके सांस तो को उनकी साँस फूली हुई है फिर भी तुम्हें उनसे बातें करनी है अरे मैं उनके लिए बच्चों को डाँटने गए तो वो तो उल्टा बच्चों की शाइड ले रहे जेठालाल तुम बच्चों को नहीं डाँटोगे मैं डाटूंगा बच्चों क्या क्या क्या चल क्या रहा है तुम्हारा ऐसे चिल्ला चिल्ला के कोई खेलता है क्या है, बच्चे कैसे खेलेंगे? अरे लेकिन उनके चिल्लाने के चक्कर में सोरे का धक्का लगा और मेरा फोन नीचे गिर गया ना अगर टूट जाता तो, तो फिर लेकिन टूटा तो नहीं ना अरे लेकिन टूटता तो और तुम लोग शांति से नहीं खेल सकते तो वही बच्चे नहीं रहे बड़े हो गए हो। तो बीड़ा अंकल तुम लोग क्या करे पूरा दिन सोसाइटी के बाहर नहीं निकल सकते हैं और टपू तो से ना।, ना तुम आलसी होते चारो आलसी क्या पूरा दिन घर में बैठे रहते हो क्लब हाउस में बैठे रहते हो तुम्हारा वजन बढ़ रहा है और कुछ ऐसी कसरत हो कसरतली आप ही ने कहा था ना ओ, इसका मतलब गलती पिड़ूगी है। सॉरी मैंने कहा था उनको लेकिन ये नहीं कहा था कि चिल्ला चिल्ला के खेलो सॉरी सॉरी हाँ मुझे कितना महंगा पड़ता बस, है, बस कर भाई अरे बच्चों ने सॉरी बोल दिया खेलते खेलते में हो जाता है उसमें डाटना गया अरे प्यार से बोल दो आवाज थोड़ा कम करो बात करता हूँ कितनी बड़ी समस्या खड़ी होगी हम लोगों को आना पड़ा है और बेड़े गोकुल धाम है यहाँ कोई ना कोई हंगामा होता रहता है भाई आज ये बच्चों ने हंगामा किया कल कोई और करेगा है? चले एक मिनट तो हम लोग अभी खेले की नहीं नहीं, नहीं मेरा सवाल नहीं है सोनू का सवाल है, है? खेलो बच्चों खेलो और अभी तो हमें पता है अरे कहनी पड़ेगी बच्चों की जो शरारते हैं ना यह सोसाइटी में एकदम माहौल मस्ती भरा कर देती है, भाई। आ, वो तो है। दो मिनट के लिए पोपट लाल गए थे अरे मास्टर तुम पोपटलाल को फोन कर रहे थे ना अब तुम कर रहे हो या मैं करूँ नहीं करता हूं ना ना आती भाई मैं की तरह कंजूस कंजूस थोड़ी <laughs> <laughs> थैंक यू वेलकम तो मेरे साथ कबड्डी खेलकर मेरा एक पैर खींच ही रहा मुझे कहकर तू तो दूसरा पैर भी खींच ले अरे ली पोपटलाल मैं तुम्हें कंजूस कह नहीं रहा था तो ऐसे ही मैंने दोस्ती में कहा भाई हाँ <laughs> <laughs> पोपट भाई इतने महीने के बाद सोडा पीने के लिए आए आपके नौकरी की टेंशन में किसी ने छोड़ा नहीं पिया हाँ भाई सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे आओ बैठो बैठो बैठो बैठो बैठो थे जो हिसाब करने गया था वो हिसाब तो हुआ लेकिन पैसे नहीं मिले अरे बापरे क्या बोले कब देंगे उन्हें पैसे मिलेंगे तब देंगे। अरे अर्थ है ये तो वही शांत हो जा भाई सोडी अरे तूफान एक्सप्रेस वैसे ही बंद हो गया जब बंद हो गया तो उनके पास पैसे कहाँ से होंगे अभी जब होंगे तब वो लोग दे देंगे प्रैक्टिकल सोच भाई। पैट जा, पैट जा, जा। सोड़ी पैसे तो देंगे वो लोग लेकिन कोरोना काल का बहुत असर हुआ लोग अखबार पढ़ लेते अरे मेरा बॉस खुद रो रहा था तूफान एक्सप्रेस को बहुत लॉस हुआ है इसीलिए तो बंद हो गया तो पोपट भाई दूसरे अखबार में नौकरी पे लग जाइए ना अरे दूसरे अखबारों के कई पत्रकारों का भी मेरे जैसा हाल है आज पांच पत्रकारों के मुझे नौकरी के लिए फोन आए थे तो तु, तो तुम न्यूज़ चैनल कर लो। आ, अरे वो अपना काम नहीं है है। यार भाई। तो कैमरे के सामने बोलना, उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। मैं अखबार का आदमी हूँ क्या होगा अब? कोरोना, कोरोना, कोरोना! और आपने तो सपने में आके दिखा, थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी देख, तेरा गुस्सा गुस्सा समझ सकते हैं हम सबको है, लेकिन ऐसे आवाज देने से कोरोना का मेरे सपने में कोरोना को पीटा था ऐसी बात नहीं है पर चाचा जी को कोरोना काल में पगार कम मिलता था फिर भी जैसे तैसे चला रहा था लेकिन अब तो बगारी बंद हो गया नौकरी नहीं रही बिना पैसों के डीजल और पेट्रोल के बगैर गड्डी नहीं चलती तो वैसे बिना पैसे की जिंदगी कैसे चलेगी हाँ पर पोपट लाल तुम पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना हम सब है ना सब है थैंक यू दोस्तों मुझे पैसों की मदद नहीं चाहिए थोड़े बहुत पैसे हैं मेरे पास और वैसे भी इन दिनों कई लोग बिना पैसों के जैसे तैसे गुजारा चला ही रहे अभी लड़ना सीख लूंगा सह लूंगा लड़ लूंगा पप्पू तू तो खर्चा पाने की बिल्कुल फिक्र मत करना वाहगुरु सच्चे पाशा सब चंगा करेंगे काश अच्छी बातों से हालात भी अच्छे हो जाते चलो मैं चलता हूँ अरे अरे लाल सोडा पीकर तो जाओ नहीं नहीं हाथी भाई तुमने खाना खाया पोपटलाल नहीं और सच कहूँ तो भूख भी नहीं है अगर बाद में भूख लगी तो घर पर जो होगा वो खा लूंगा आप लोग सोडा पीजिए मैं चलता हूँ गुड नाइट ओ यारो, ये के साथ बहुत गलत हुआ यार। मेरा हंसता खेलता स्वाभाविक है जिसकी नौकरी गई उसे कितना टेंशन होगा तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उसे जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए बस अब्दुल यार सॉरी आज सोडा नहीं पी पाएंगे ओके अब जब पप्पू को नौकरी मिलेगी ना फिर हम लोग रज के सोडा पियेंगे और तगड़ी सोडा पार्टी करेंगे बात है। हाँ, है भाई चलो फिर चलते हैं गुड गुड गुड गुड तू छोड़ छोड़ दे दे नौकरी बेवकूफ है और उसे तेरा नीचे काम करना चाहिए अरे तुझमे बहुत है भाई तुझे तुझे धंधा चालू करना है ना हाँ तो तू अपना धंधा चालू कर पैसों पैसों की जरूरत पड़ेगी ना तो मैं तुझे बाबूजी, जी वो होगा अपने घर पे उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की तू देखना मैं उसे डाटूंगा अरे डाटूंगा क्या से मारूंगा मैं उसे बापू जी बापू जी ये एक मिनट शांति रखना भाई देख लीजा मैं फोन के बात कर रहा हूँ सुन अरे तू चिंता मत करना है तू चिंता मत कर मेरे आशीर्वाद तेरे साथ ही है ठीक है और पैसों की जरूरत पड़े तो मेरे पैसे भी तेरे साथ ठीक है चल रखता हूँ देखिए आ गया है बोल बापू बापूजी ये सब क्या है क्या अरे मेरे सामने आप पापा को कह रहे कि उसको सेठ होना चाहिए और मुझे नौकर होना चाहिए अरे मैं बहुत अच्छा सेठ हूँ चाहिए तो आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ अभी कोरोना काल में एक रुपया की आमदनी नहीं थी बापू फिर भी हर महीने की पहली तारीख को मैं नट्टू काका को, भागा को और मगन को तीनों को पूरा पगार दे रहा था। और आप कह रहे कि का है मेरे सामने नौकरी छोड़ दे क्या किया मैंने ऐसा आखिर भाई अरे, अरे सुन दूर से दूर से बात अरे एक रहे, खड़ा सुन भाई भाई बच्चा मैं मेरी मौसी की बेटी मालती है ना हाँ हाँ है ना उसके बेटे का नाम क्या है जी। आ, जी, वो तो की है नाम है। लेकिन सब लोग उसे प्यार से क्या बुलाते हैं नहीं मुझे नहीं पता अरे वाघा सब लोग उसे प्यार से वाघा बुलाते हैं तो मैं वाघा से बात कर रहा था भाई अब वाघा से बात कर रहे थे मुझे लगा बाघा से बात कर रहे अरे नहीं नहीं भाई मैं बाघा से बात कर रहा था बचाओ तो में नहीं। तो बचा वो जखरा सेठ की राशन की दुकान है ना उसमें काम करता है। लेकिन सात महीने से जखरा सेठ ने एक भी पैसा ही नहीं दिया मगर दिया ही नहीं तो पूछ रहा था कि क्या करू नौकरी छोड़ दू मैंने बोला हाँ ठीक है छोड़ दे लेकिन भाई फिर करेगा क्या हाँ कह रहा था कि हाईवे पे एक टायर पंचर की छोटी सी दुकान खोलना चाहता है तो मैंने बोला ठीक है तो बापू जी क्या मैं तो हुई अरे वो हाईवे पे पंक्चर की दुकान मतलब वहाँ तो ट्रक और बस के बड़े बड़े टायर आते हैं पर वो टायर का पंचर रिपेयर करना मतलब बहुत मेहनत लगती है बापू उसमें सड़िया डाल के बोरे बहुत मेहनत लगता है सुन पाए मैं तो हुई, मतलब अगर उसे पैसों की जरूरत है तो मैं तो हुई अच्छा आ, पैसे मैं दे दूंगा लेकिन तुझे पता है उसने पैसे लेने से साफ मुना कर दिया ओहो आजकल सब स्वाभिमानी हो गए और कौन स्वाभिमानी बन गए अपना पोपट लाल अपना पोपट आ? वो तूफान एक्सप्रेस बंद हो गया और उसकी नौकरी चली गई वो तो आपको पता है ना हाँ तो अभी हम लोग सब पे बैठे थे ना तो वो तूफान एक्सप्रेस होके आया वो तो कुछ फुल एंड फाइनल हिसाब करने गया था तो हिसाब तो हो गया लेकिन उन लोगों ने उसे पैसे नहीं दिए बोला कि जब हमारे पास पैसे आएंगे तब देंगे तो हम सब बैठे थे तो हमने उसको बोला की भाई तुझे कुछ पैसों की जरूरत है तो हम सब मदद करने को तैयार है लेकिन उसने मना कर दिया बापू बिचारे पोपट के साथ बहुत बुरा हुआ बहुत बहुत बुरा हुआ बापू जी एक तो बिचारे को पहले से ही शादी का टेंशन है अभी नौकरी भी चली गई और हालात भी ऐसे हैं कि जल्दी कोई दूसरी नौकरी मिलना भी मुश्किल ये कोरोना की वजह से सबके व्यापार धंधे पे बहुत असर हुआ है बापू जी सब व्यापारी लोग अपना जो पुराना स्टाफ है वो भी कम कर रहे तो ऐसे में अभी नई नौकरी मिलना तो भगवान करे ये समय जल्दी से बीत जाए और सबको नौकरी मिल जाए सबको सबको क्यों बापू जिसको नौकरी नहीं चाहिए उनको क्यों सबको मतलब जिनकी नौकरी छूट गई है जिनको नौकरी की जरूरत है उन सबको अच्छा, अच्छा। हाँ। अच्छा। हाँ, जल्दी से पोपट को नौकरी दिलवा देना और उससे चिंता मुक्त कर देना वरना उसका स्वभाव ऐसा है जब तक काम नहीं मिलेगा चिंता करता रहेगा बोल दोस्त बोल तू तो कुछ बोल ऐसे टेंशन के वक्त मेरे गोकुल धाम वाले और तुम बस दो ही सहारे हैं मेरे क्या करूं मैं कम नौकरी मिलेगी और अब तो बचत के पैसे भी खत्म हो रहे हैं क्या करूं भूख लग रही है खाने का मन नहीं है मुझे पता है, पत्नी नहीं, नहीं है नौकरी नहीं है और अब तो नींद भी गई आधी रात हो गई लेकिन नींद नहीं आ रही सर घूम रहा है पोपट लाल नहीं ऐसे नहीं चलेगा सोना तो पड़ेगा सोगे नहीं तो सेहत पर असर होगी जान है तो जान है चंग जंग लड़नी है नौकरी पाने के लिए जंग पॉजिटिव पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव सोचो दूध मसाला दूध मसाला दूध पिक सोता देखिए अब मैं सोने जा रहा हूं नींद टूटनी नहीं चाहिए वैसे भी सुबह होने में बहुत कम वक्त बचा है और प्लीज ऐसा चमत्कार करना कि कल की सुबह मेरे लिए खुशियों के पल लेकर ओके गुड नाइट गुड मॉर्निंग हेलो गुड मॉर्निंग पोपट लाल जी गुड मॉर्निंग कौन मैं मोना बोल रही हूँ कौन मोना मैंने आपको रिश्ते के सिलसिले में फोन किया है नौकरी <laughs> का टेंशन दूर नहीं हुआ है लेकिन शादी का टेंशन दूर हो गया रिश्ता आया है <laughs> बोलिए बोलिए मोना जी आपकी आवाज़ कितनी मीठी है मुझे आपकी आवाज़ से पता चल गया कि आप दिल की बहुत अच्छी है और मुझे अपनी पत्नी में एक ही गुड़ चाहिए बस दिल की अच्छी हूँ मुझे ये रिश्ता मंजूर है पोपट जी मैं शादी शुदा लेकिन अभी आपने कहा ना कि आपने रिश्ते के लिए फोन किया फो जी, मैं मैरिज ब्यूरो से बात कर रही हूँ कंफ्यूजन हो गया आपने कहा कि मैंने रिश्ते के लिए फोन किया तो मुझे लगा की आप भी लड़की है लेकिन आप लड़की नहीं है मैं लड़की ही हूँ नहीं मतलब आप वो रिश्ते की बात हो सके वो लड़की नहीं है बताइए किस रिश्ते की बात कर रही थी आप पोपट जी हमने एक लड़की और उसके फैमिली को आपके बारे में बताया और आपका बायोडाटा भी फॉरवर्ड किया और अच्छी बात ये है कि उनको आप पसंद आ गए हो सच हाँ हाँ बिलकुल पोपट लाल जी उनकी तरफ ऐसी हाँ ही है और वो आपसे मीटिंग करना चाहते हैं मीटिंग कर लेते हैं। बताइए कब करनी है हाँ मैं उनसे टाइम सेट करके आपको बताती हूँ बस आप मुझे एक बार ये कन्फर्म करा दीजिए कि आपकी प्रोफाइल में कुछ चेंजेस तो नहीं हुए ना जी जी जी कीजिए आप गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं हा, हा। आपका खुद का घर है यस सेकेंड फ्लोर विद बालकनी आप पत्रकार हो हा? और आप तूफान एक्सप्रेस में काम करते हो राइट हाँ नहीं, होना जी तूफान एक्सप्रेस बंद हो गया है। है। मेरी नौकरी चली गई है। क्या आपके पास नौकरी नहीं है नहीं। पोपटलाल जी। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ नहीं नहीं पर बहुत जल्द मिल जाएगी मगर पोपटलाल जी जब प्रोफाइल में कुछ चेंजेस होते हैं तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए ना हम लड़की वालों को कहेंगे तो हमें दो बात सुनाएंगे और हमारी मेंसिल कर देंगे हे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मेरी दो तीन जगह पर बात हो चुकी है मुझे बहुत जल्द नौकरी मिल जाएगी हाँ, हाँ मिल जाएगी जरूर मिल जाएगी लेकिन अभी तो आपके पास नौकरी नहीं है ना मैंने बोला ना भाई मिल जाएगी नौकरी आप एक बार लड़की वालों से मेरी मीटिंग तो करवाइए अब नौकरी नहीं है तो मीटिंग कैसे होगी इससे पहले आप नौकरी कर रहे थे इस वजह ऐसी आपकी रिश्ते की बात आगे बढ़ी थी मे सॉरी शादी के लिए जॉब सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है जो कमाता ना हो ऐसे लड़के के साथ कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की शादी नहीं कराना चाहेंगे अरे मैंने बोला ना भाई कुछ भी हो जाए मैं अपनी पत्नी को दुखी नहीं होने दूंगा चाहे फिर मेरे पास नौकरी हो या ना हो मैं उसकी हर इच्छा पूरी करूँगा आप मेरी बात समझिए मैं तो समझती हूँ पोपटलाल लाल जी मगर लड़की वाले ये बात नहीं समझेंगे और प्लीज कोई भी जॉब मिलते ही अपना प्रोफाइल अपडेट करवा लीजिएगा थैंक यू सर मेरी बात तो सुनिए तियाफौन? अरे नौकरी ये तो क्या रिश्ता नहीं करवाओगे? ढनी पड़ेगी दोस्तों पोपटलाल ने दूसरी नौकरी करने की ठान ली है। लेकिन जब वक्त इतना कठिन है दौर इतना नाजुक है की लोगों की नौकरियां जा रही है ऐसे में कोई नौकरी मिलना कितना मुश्किल लेकिन पोपटलाल के इरादे तो आप जानते ही पोपटलाल के इरादे बिल्कुल अर्जुन के निशाने की तरह हैं। आकाश, पाताल एक कर देगा पोपट लाल लेता है तो करके ही रहता है इसे कहते हैं फाइटिंग की से ताकत। और पोपटलाल की फाइटिंग स्पिरिट तो आप जानते ही है कि छोटी छोटी बात में दुनिया हिला देता है तो नई नौकरी ढूंढने के लिए वो क्या क्या करेगा आ, जो कुछ करे लेकिन आपके घरों में होगी हंसी जब आप देखेंगे चश्मा देखते रहिए हंसते